साथियों नमस्कार स्वागत अभिनंदन ज्योतिष के इस ऐतिहासिक और क्रांतिकारी चैनल एस्ट्रोविद आशीस पे आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा कि आप लोग अपनी कुंडली से जानिए कि आखिर में आयु का रहस्य क्या है जी हाँ जिस व्यक्ति का जन्म होता है उसका मरण भी निश्चित है विधाता ने जो है ये सब चीज़ें पहले से ही आपके भाग्य में निमित्त कर दी है कि कब किस व्यक्ति की जो है मृत्यु तो कहाँ पर होगी कौन सा कारण उसका रहेगा तो महर्षि पराशर रचित एक सूत्र है दर्शकों जो कि आयु निर्णय की, की स्थिति को स्पष्ट करता है ये सूत्र है कि बालारिष्टम योगारिष्टम मल्यम मध्यंचम दीर्घकम दिव्यम चैवामितम चैव सप्तधायु प्रकर्तिम देखिए दर्शकों एक बात हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि सात प्रकार की मृत्यु जो होती है संसार में जानी जाती है अर्थात मृत्यु के विषय में ज्ञान होना तो अत्यंत ही दुर्लभ है किंतु फिर भी बालारिष्ट योगारिष्ट, अल्प मध्य दीर्घ दिव्य और अमित ये जो सात प्रकार की मृत्यु होती है संसार में जानी जाती है और देखिए बालारिष्ट जो होती है जन्म से आठ वर्ष तक की आयु तक होने वाली मृत्यु को बालारिष्ट मृत्यु कहा गया है यह जो मृत्यु होती है इसका कारण भी जान लीजिए तो जन्म कुंडली में जी हाँ आप लोग अपनी अपनी कुंडली उठा करके देखिएगा या जिनकी भी अल्पायु में मृत्यु ही होगी तो जन्म कुंडली में लग्न से छः आठ बारहवें स्थान में पापा ग्रहों से युक्त यदि चंद्रमा हो तो व्यक्ति की मृत्यु हर हाल में ये जान जाइए कि बाल्यावस्था में हो जाती है इसके अलावा दर्शकों बताना चाहेंगे सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण का समय हो सूर्य चंद्र राहु एक ही राशि में हो तथा लग्न पर कूर, क्रूर क्रूर ग्रहों जी हां जो क्रूर ग्रह हैं उनकी दृष्टि हो जैसे कि शनि हो गए मंगल की जो है छाया हो तो बालक के साथ माता का भी दुर्योग बनता है कभी कभी आप लोग जाते होंगे देखते होंगे कि हाईवे पर जो है कोई बाइक की दुर्घटना दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिसमें माँ और पुत्र की मृत्यु होती है तो ऐसा योग रहता है लग्न से छठे भाव में चंद्रमा लग्न में शनि और सप्तम में यदि मंगल हो तो बालक के पिता की मृत्यु भी हो जाती है साथ में और मृत्युतुल कष्ट भी मिलता है यदि नहीं होती है तो मृत्युतुल कष्ट मिलता है अपंग हो जाएंगे हाथ पैर कट जाएंगे या जो है हमेशा कोमा में चले जाएंगे तो देखिए इनसे बचने के कुछ उपाय हैं ग्रंथों में बालारृष्टि योग से बचने के लिए जो है कहीं कहीं पर देखिए वर्णन आता है कि बालक के गले में चांदी का एक चंद्रमा और मोती डाल करके पहनाया जाता है इससे बालक के जो है जो शीर्ष मृत्यु का साया जो रहेगा वो हमेशा के लिए नहीं चलता है लेकिन कुछ जो है मतलब विद्वानों का मत है कि ऐसा प्रकोप कम हो जाता है इसके लिए तो बेहतर रहेगा जन्म कुंडली देखी जाए उससे ज़्यादा एकोरेट पता चलेगा अब योगािष्ट के ऊपर आते हैं कि योगा मृत्यु कैसी है तो आठ वर्ष के पश्चात किंतु 20 वर्ष से पहले होने वाली जो मृत्यु होती है इसको योगािष्ट मृत्यु कहा जाता है इस प्रकार की मृत्यु तब होती है जब अष्टम भाव में जो है शनि मंगल जैसे जो है अष्टम भाव जो होता है ये शनि और मंगल जैसे ग्रहों से दूषित हो और लग्न में बैठा विपरीत ग्रह वक्री हो जी हाँ और कई विशिष्ट योगे योगों के कारण जो है जातक की मृत्यु होती है इसलिए इसे योगािष्ट कहते हैं और अमावस्या से पहले की चतुर्दशी हो गई अमावस्या हो गई और अष्टमी को यह योग पूर्ण रूप से बलि रहता है और पूर्ण रूप से प्रभाव में रहता है जिन बालकों के माता पिता गलत कामों में लिप्त रहते हैं उनके बालकों की मृत्यु भी योगारिष्ट से ही होती है मां बाप के भी कर्मों का फल उनकी संतान के आगे आता है इसके बचने के उपाय देखिए शास्त्रों में बताए गए हैं कि माता पिता को सबसे पहले तो सत्कर्म करना चाहिए दान करना चाहिए पुण्य करना चाहिए किसी के बारे में जो है अनभला नहीं सोचना चाहिए यदि वे किसी का धन या स्वर्ण चुराते हैं या किसी की हत्या में लिप्त रहते हैं तो उनके बालकों की मृत्यु 20 वर्ष की आयु से पहले ही हो जाती है तो भगवान शिव की उपासना ही एक ऐसी उपासना है जिससे मतलब इस प्रभाव को कम किया जा सकता है तो आप लोग अब समझिए इसके बाद आते हैं अल्पायु योग जी हाँ अल्पायु योग क्या होता है तो कुंडली में जो 20 से 32 वर्ष की आयु होती है इसको अल्पायु कहा गया है तमाम विद्वानों का मत है कि वृषभ हुआ तुला हुआ मकर हुआ कुंभ लग्न वाले जो जातक होते हैं ये अल्प आयु होते हैं लेकिन इन लग्न वाले जातकों की कुंडली में यदि अन्य कोई शुभ ग्रह हो और सूर्य मजबूत स्थिति में हो तो इस योग का प्रभाव न्यून हो जाता है खत्म हो जाता है यदि लग्नेश चर जो है राशि जैसे मेष हो गया कर्क हो गया तुला हो गया मकर हो गया राशि में हो तथा अष्टमेश द्विस्वभाव राशि में होता है द्विस्वभाव राशि कौन सी है तो मिथुन हो गई कन्या हो गई धनु हो गई मीन हो गई तो ऐसी राशि में हो तो अल्प आयु योग होता है फिर से दर्शकों देखिए समझ लीजिए यदि लग्नेश चर राशि जी हाँ मेष कर्क तुला मकर राशि में हो तथा अष्टमेश जो रहता है द्वि स्वभाव राशि मिथुन कन्या धनु मीन में हो तो अल्पायु योग होता है यदि जन्म ध्यान से हमारी बातों पर आप लोग जो है गौर करिएगा जो लोग ज्योतिष के जो है छात्र हैं विद्यार्थी हैं वो हमारी बातों को वर्ल्ड को कैच कर लेंगे तो यदि जन्म के समय लगने सूर्य का कोई शत्रु जो है ग्रह हो और साथ में बैठा हुआ है तो जातक अल्पायु होगा जैसे सूर्य के साथ राहु बैठा हुआ है यदि इसी प्रकार से यदि हम बात करें शनि और चंद्रमा दोनों स्थिर राशि में हो अथवा एक चर और दूसरा द्विस्वभाव में हो तो व्यक्ति की मृत्यु 20 तो से 32 वर्ष की आयु के मध्य होती है इससे बचने के लिए या इस योग को टालने के लिए ज्योतिष शास्त्र में देखिए कई जो है उपाय बताए गए हैं सबसे पहली चीज़ तो जो है शिव जी की आराधना हो गई महामृत्युंजय मंत्र का जाप कम से कम 108 बार आप लोग करिए ही करिए और इसके अतिरिक्त आप लोग कभी किसी का दिल मत दुखाइए ये आप लोगों को देखिए करना रहेगा वर्ष में एक बार जो है या दो बार रुद्रा अभिषेक कुशा के जल से या दुर्वा से आप लोग करवाइए तो बहुत अच्छा रहेगा प्रत्येक माह की जो दोनों अष्टमी पड़ती है भगवान शिव का दही से यदि आप अभिषेक करते हैं तो अनिष्ट ग्रहों का प्रभाव देखिए टाला जा सकता है दर्शकों आप लोग भी अपनी अपनी कुंडली का विश्लेषण स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर करवा सकते हैं और शुल्क के साथ ये सुविधा है देखिए इसके बाद बताएंगे मध्य आयु योग जी हाँ। जैसा कि मध्य आयु का मतलब होता है बीच की आयु का योग 32 से चौसठ वर्ष तक की जो आयु की सीमा होती है इसको मध्य आयु कहा गया है तो मध्य आयु योग क्या होता है यदि लग्नेश सूर्य का समग्रह बुद्ध हो अर्थात मिथुन व कन्या लग्न वालों की प्रायः मध्यम आयु में मृत्यु होती है यदि लग्नेश तथा अष्टमेश में से एक चर जैसे चर राशि का हुआ मेष हुआ कर्क हुआ तुला हुआ मकर हुआ तथा दूसरा स्थिर स्थिर राशि क्या हुई वृषभ हुई सिंह हुई वृश्चिक हुई कुंभ हुई तो इस राशि में यदि हो तो जातक मध्यायु होता है यदि शनि और चंद्र दोनों की जो है दोनों ही द्विस्वभाव राशि में हो या एक चर तथा दूसरा स्थिर राशि में हो तो जातक मध्धायु होता है यदि लग्नेश तथा अष्टमेश सामान्य स्थानों में हो तो जातक की मध्यु होती है कई विद्वानों का भी देखिए मत है तमाम ज्योतिष की बुक में है कि मद्धायु वाले जो जातकों की मृत्यु होती है इनकी जन्म स्थान से काफ़ी दूरी पर होती है और कोई अब्रॉड गया वहाँ पर उनकी डेथ हो गई या कोई पर जो है सफ़र पर निकले सफ़र में ही उनकी मृत्यु हो गई इनसे बचने के उपाय क्या हैं तो अचानक देखिए कोई आघात कर सकता है शस्त्र वगैरह से भी मृत्यु इनकी हो सकती है तो देखिए सबसे पहले तो चंद्रमा और शनि के आप लोग उपाय करें तो जातक जो है बचा रहेगा तो गले में एक चांदी का स्वास्तिक आप लोग धारण कर सकते हैं चांदी की चेन में प्रत्येक शनिवार को कोशिश कीजिए कि सात गरीबों को पका हुआ भोजन ज़रूर खिलाइए आप लोग उड़ख से बने हुए दही बड़े उनको जरूर खिला सकते हैं काले कम्बल चमड़े से बनी हुई कोई वस्तु का दान दे सकते हैं महामृत्युंजय मंत्र की कम से कम एक दिन में आप लोग हो सके तो 11 माला का आप लोग जाप जरूर करिए अब आते हैं अपने अंतिम पड़ाव पर दीर्घायु योग क्या होता है देखिए 64 वर्ष से लेकर के और 120 वर्ष तक की जो आयु होती है इसको जो है दीर्घायु योग से कहा जाता है अगर इसके बीच में आपकी मृत्यु होती है तो इसको पूर्ण आयु भी कहा जाता है ऐसी मृत्यु देखिए दर्शकों ठीक होती है कि जो लोग अपनी आयु पूर्ण कर लें और उसके बाद मृत्यु को जो है बिना किसी कष्ट भोगे जो है इस शरीर को छोड़ दें तो ज़्यादा ठीक रहेगा यदि जन्म लग्नेश सूर्य के मृत जो है मृत्य राशि में हो तो व्यक्ति को पूर्ण आयु प्राप्त होती है लग्नेश और अष्टमेश दोनों चार राशि में हो जा दीर्घायु होगा यदि लग्नेश तथा अष्टमेश में से एक स्थिर तथा दूसरा दिस्वभाव राशि का हो तो जातक दीर्घायु होता है यदि शुभ ग्रह तथा लग्नेश केंद्र में हो तो जातक दीर्घायु होता है लग्नेश केंद्र में गुरु शुक्र के साथ हो तथा जो है या इनकी दृष्टि भी अगर हो जाती है तो मान लेते हैं कि जातक पूर्ण आयु भोग करेगा लग्न में पंच महापुरुषों में एक बहुत ही सुंदर योग होता है हंस महापुरुष नामक योग यह भी यदि अगर बन रहा है तो जातक कई मामलों में देखा जाता है कि जो है दीर्घायु को प्राप्त करता है लग्नेश पूर्व बली हो तथा कोई भी तीन ग्रह उच्च राशि के हों स्वग्रही हो या मित्र राशि होकर आठवें भाव में हो तो जातक की आयु पूर्ण आयु होती है इस योग वाले जातकों का जीवन आमतौर पर सुखमय देखा गया है लेकिन बीच बीच में इनको अकारण ही कई प्रकार के रोग जो है परेशान करते हैं जैसे कि लीवर से रिलेटेड हो गया या ब्लड शुगर से रिलेटेड हो गया स्टोन से किडनी से रिलेटेड हो गया ज्वाइंट पेन में इनको ज़्यादा जो है शिकायत रहेगी तो ऐसे लोग ऐसे ऐसे जातक परेशान रहते हैं तो जीवन प्रयत्न ऐसे जो जातक है भगवान जो है शिव की और विष्णु भगवान की इनकी जो है आराधना करनी चाहिए और विष्णु सहस नाम का पाठ सर्वथा इनके लिए अच्छा रहेगा और हनुमान बाहुक का पाठ भी इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा अब आते हैं दिव्य आयु योग उपरोक्त पांच प्रकार के आयु योग के बाद अब बारी आती है दिव्य आयु योग की वस्तुतः यह योग जो रहता है दर्शकों आयु से जुड़ा नहीं है इसमें कहीं भी आयु का कोई वर्णन नहीं है जो 120 तक वर्ष तक की आयु थी वो दीर्घायु तक थी लेकिन अब हम बताते हैं कि व्यक्ति का जीवन कैसा होगा कई कई आप लोग देखे होंगे अपवाद स्वरूप विदेशों में कोई 120 वर्ष के बाद भी जीवित रह गया तो वह अपना जीवन काल किस प्रकार व्यतीत करेगा ये हम आपको बताते हैं यदि शुभ ग्रह बुद्ध बृहस्पति शुक्र चंद्र केंद्र और त्रिकोण में हो और जितने भी पापक ग्रह हैं तीन छः या ग्यारहवें स्थान में हो तथा अष्टम भाव में शुभ ग्रह या शुभ राशि हो तो व्यक्ति के जीवन में दिव्य आयु का योग बनता है ऐसा जातक यज्ञ जप अनुष्ठान कई प्रकार की तांत्रिक क्रियाकलापों के द्वारा कई वर्षों तक की जीवित रह सकता है हम लोगों ने देवरावा बाबा का नाम सुना होगा वो भी कई वर्ष तक जीवित रहें लेकिन दर्शकों धर्मशास्त्रों में और ग्रंथों में यह स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे जातक का जन्म मृत्यु लोक में संभव नहीं है जी हाँ अभी भी तमाम लोग जो है जीवित हैं हनुमान जी हो गए महाराज भीषण हो गए चिरंजीवी होने का वरदान उनको ब्रह्मा से मिला था अश्वत्थामा जी हो गए कृपाचार्य जी हो गए और परशुराम जी हो गए देखिए तमाम लोग शुक्म ऋषि हो गए महर्षि वेद हो गए और जो है महाराजा बलि भी अभी जीवित हैं तो ऐसे लोग बिल्कुल अमर हो जाते हैं अमित आयु जो होते हैं अमित आयु पाने वाले प्राणी भी बड़ी दुर्लभ होते हैं और इनमें हम इन जो अभी देवताओं के नाम गिनाए हैं इस कैटेगरी को हम लोग रख सकते हैं आ, ये लोग देवताओं वसुओं गंधर्वों को ऐसी आयु प्राप्त होती है इसके अनुसार यदि हम बताएँ यदि गुरु गोपुरांश यानि अपने चतुर्वर्ग में होकर केंद्र में हो शुक्र पारावतांश अपने षटवर्ग में हो एवं कर्क लग्न हो तो ऐसा जातक मानव ना हो करके महामानव होता है और इसकी संज्ञा देवता से की जाती है इनकी आयु की कोई सीमा नहीं होती है और इच्छा मृत्यु का कवच पाने में सक्षम होते हैं आप लोग जो है पितामा भीष्म का नाम सुने होंगे तो इनकी कुंडली में भी ऐसा ही योग था कुछ विद्वानों का देखिए मत है कि भीष्म जो है पितामा भीष्म को ये चीजें प्राप्त थी लेकिन ये मत नहीं है ये सत्य है इनको ये चीज़ प्राप्त ही प्राप्त थी तो दर्शकों आज का हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए और यदि अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं आप लोग भी जानना चाहते हैं देखिए हम आयु किसी के को नहीं बताते हैं कि आपकी आयु कितनी है लेकिन फिर भी यदि और किसी विषय पर या जो है आप लोगों को जो है आपके मन में जो है कुछ सवाल हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं एक अलग से प्रोग्राम बना करके आप लोगों के सवालों का उत्तर हम जरूर देंगे कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से बताइए दीजिए इजाजत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार